शाम गणी जी उज्जैन में महाकाल है, है। राजस्थान में श्याम धनी जी उजैन में महाकाल है राजस्थान में शाम